असलम दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कामयाब टीवी और मैं आपको आज के इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ तो आज हम बात करेंगे एनम मिस्र के बारे में मगर इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बसानी पहुँच सकें मिस्र को कदीम तहजीबों की सरजमीन भी कहा जाता है कहा जाता है कि मिसर पाँच साल से भी ज़्यादा कदीमी मुल्क है उसी एक वायद मुल्क है जिसकी सरजमीन दो बरेज़मों यानी एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई है और तो इसका बेशतर हिस्सा सराब पर मुश्तमिल है दोस्तों मिस्र को मिस्र में मौजूद तरीखी अमारतों में ऐसा लाजवाज नमूना माना जाता है जो आज भी अपने देखने वालों को हैरान करता है ये आराम अपने अंदर बहुत से राय हुए हैं दोस्तों माहन आषार कदीमा के मुताबिक मिस्र में अब तक एक अहराम दरिया किए गए जिन्हें अंदाजन छब्बीस सौ तीस का बलज मसीह बनाया गया मगर इनमें से तीन आरामों यानी खोफू खाफरा और मैनकलों का शुमार दुनिया के सात अजायब में होता है इनकी बुलंदी चार सौ इक्यासी फीट है और एक अंदाज़े के मुताबिक ये चार हज़ार पाँच सौ साल पुराने हैं ये पैरामिड कारबा के मकाम पर मौजूद हैं इनमें से सबसे बड़ा आराम कोफू का है जिसकी बेस तकरीबन तेरह एकड़ तक फैली हुई है एक अंदाजे के मुताबिक इस पैरामिड की तमीर में तकरीबन 20 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए और इन पत्थरों में से कई पत्थरों का वजन 50 टन था इस आराम की बुलंदी चार सौ इक्सी फीट थी मगरब्त के साथ साथ इसकी ऊंचाई तीस फुट कम हो गई मगर इसके बावजूद इस अमारत को तिरतालीस सदियों तक गुरे अर्ज की सबसे ऊँची इमारत का एसास हासिल रहा तेरह में 160 सौ साठ मीटर बुलंद लंकन कैथेड्रल ने इससे बुलंद तरीन अमारत का एहसास छीना आखिर किसने शरा में इतनी हैरत अंगेज तमीर करवाई और इसकी तमीर के पीछे क्या मकसद था और इसको कैसे पाये तकमील तक पहुँचाया गया मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों को फेरौन भी कहते हैं इनमें से एक फेरोन का नाम खोफू था कोफू मिसर की तारीख का दूसरा फ़ेरा था तो जो कि इसका पाप था कि मौत के बाद तख्त पर बैठा दोस्तों खफू के दौर में बाकायदा तमी के काम पर तोज दी गई और बहुत सी ऐसी तमीर की गईं जिनको देखकर आज भी इंसान दंग रह जाता है इसकी तमीर में सबसे बड़ा शहकार अहराम मिस्र हैं उसको तो कहा जाता है कि ये पैरामिड मिसर के फिरों की आखिरी आरामगाह के तौर पर तमीर कराए गए जब भी कोई फ़िरोन मरता तो इसकी बॉडी को आप कपड़ों की पट्टियों में लपेटा जाता और फिर इसकी मम्मी को एक कीमती पेटी में बंद कर दिया जाता था और इस पेटी को पैरामिड के अंदर रख दिया जाता था उस तो तो लोगों का ये मानना था कि ये फ़िरन दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर से हकूमत करेंगे इसलिए इनके साथ बहुत तो सी कीमती जवाहरत और दीगर चीज़ें भी रखी जाती थी क्योंकि इनके ज़िंदा होने पर इनके काम आ सकें दोस्तों पैरामिड की तमीर ने तो माहरीन ने असारे कदीमों को भी हैरत में डाल दिया पैरामिड की तमीर को देखकर बहुत से सवाल जन्म देते हैं इतने भारी पत्थरों को कैसे काटा गया और इनको स्क्वा शेप में कैसे लाया गया एक अंदाजे के मुताबिक माहरीन का कहना है कि इस वक्त में इस्तेमाल होने वाले औजार में मौजूद छीनी से काम लिया गया ये छीनी एक मखसूस केमिकल से बनाई गई थी ताकि लाइम के पत्थरों को आसानी से काटा जा सके इतने बड़े और भारी पत्थरों को सराह में पैरामिड्स तक कैसे लाया गया क्योंकि इस वक्त किसी भी किस्म की मशीनरी का ख़बो ख्याल तक न था दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक ये काम मजदूरों और कश्तियों की मदद से किया गया तकरीबन 400 से 500 तक मजदूर एक पत्थर को दरियाए नील से कश्ती की मदद से सराह तक लाते यकीन ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम था तो इसकी तमीर में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतने भारी पत्थरों को चार फीट इक्यासी बुलंदी तक कैसे पहुँचाया गया एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये काम भी मजदूरों से लिया गया वह हर एक पत्थर को अपने जोरोंबी से सीट कर ऊपर तक ले जाते थे एहमान मिसल की तमीर में रियाजी के आदम को इस्तेमाल किया गया ताकि इतनी बड़ी तमीर को एक तरतीब के साथ बनाया जाए और इसके हर कोने को 51 वन के एंगल पर तमीर किया गया दोस्तों माहरीन के लिए ये बहुत ही हैरान कन बात थी कि आखिर एहराम की दीवारों को बग़ैर किसी मशीनरी आलात के कैसे खड़ा किया गया कि इन में मामूली सा फ़र्क भी नहीं मिलता जैसे जैसे अमारत की ऊँचाई बढ़ती जाती है इसकी चुड़ाई एक तरतीब के साथ वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है और चार फीट की बुलंदी पर इमारत के चारों कोने एक नुकता पर मिलते हैं इन अहराम को यकमुश्त नहीं बनाया गया बल्कि इनकी तामीर में कम पेश बीस साल लगे काहिरा के नज़दीक कस्बा के मुकाम पर वाजिया ये अजीम तरीकी इमारत मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है हर साल लाखों सियाँ इसे देखने और इसे बनाने वालों की हुनरमंदी को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहां आते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे या ना लगे मगर इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा